आपका फिर से स्वागत है आइए सेल्सियस टेम्परेचर स्केल और उसके नापने के तरीके के बारे में जो भी अब तक सीखा है उसका पुनरावलोकन करते हैं हम ध्यान देंगे कि पहले हमने एक सिस्टम की परिभाषा दी थी ग्लास में लिक्विड या हमारा थर्मामीटर नापने के लिए एक सिस्टम था यह हमारा एक प्रारंभिक सिस्टम था लेकिन बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि इसका सिर्फ एक गुण ऐसा है जो कि आइसोथर्म्स को लेबल करने में सहायक है इस तरह प्रॉपर्टी को टेम्परेचर से आसानी से मैप कर सकते हैं दूसरा हमें फिक्स्ड पॉइंट की ज़रूरत थी इस सिस्टम के लिए हमारे पास आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट और इसके लिए इस सिस्टम के अलावा एक फ्लूड जैसे बर्फ पानी भाप का भी इस्तेमाल किया था तब हमने ऑर्बिट्ररी वैल्यूज़ के फिक्स्ड पॉइंट निर्धारित किए थे उदाहरण के लिए हमने आइस पॉइंट टेंपरेचर को सेल्सियस स्केल में शून्य और स्टीम पॉइंट को 100 की वैल्यू दी थी और अंत में सिस्टम का टेम्परेचर जानने के लिए अगर टेम्परेचर ज़ीरो से ज़्यादा और 100 डिग्री सेल्सियस से कम है हमने एक इंटरपोलेशन लॉ या स्कीम एक रिलेशन या इक्वेशन का इस्तेमाल किया अब इसमें क्या परेशानियां हैं आपने नोटिस किया होगा कि इसमें कई तरह की समस्याएं हैं पहली यह है। कि हमें एक सिस्टम निर्धारित करना पड़ता है और स्केल उस सिस्टम की परिभाषा पर आधारित होता है यह हमारा सिस्टम है लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर यह भी फिक्स्ड पॉइंट्स और उपयोगित सामग्री पर निर्भर करता है इस विशेष केस में पानी को फिक्स्ड पॉइंट्स में परिभाषित किया गया है तीसरा फिक्स्ड पॉइंट्स के लिए वैल्यूज दी गई हैं सेल्सियस स्केल के लिए जीरो डिग्री सेल्सियस और हंड्रेड डिग्री सेल्सियस दी गई हैं इस तरह इन दोनों लिमिट्स के बीच के सारे इंटरपोलेटेड टेंपरेचर्स को सेल्सियस स्केल कहा गया है और फिर जो इंटरपोलेशन स्कीम इस्तेमाल की गई है उसमें हमने यह माना है कि टेंपरेचर को एक लीनियर स्केल पर दर्शा सकते हैं या टेंपरेचर कैपिलरी में पारे मर्क्यूरी या लिक्विड की थ्रेड लेंथ का एक लीनियर फंक्शन है इन में से कुछ भी बदलने पर आपको एक अलग बिल्कुल अलग टेम्परेचर स्केल मिलेगा उदाहरण के लिए आइस पॉइंट जीरो डिग्री सेल्सियस के बजाय अगर 50 डिग्री सेल्सियस रखें यानी कि 50 डिग्री नया सेल्सियस है स्टीम पॉइंट को भी 475 सेल्सियस मानें तो हमें एक नया सेल्सियस स्केल मिलेगा इसमें कुछ भी गलत नहीं है एक दूसरा स्केल जो इससे बहुत मिलता जुलता है वह है फ़ारेनहाइट स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल में आइस पॉइंट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और स्टीम पॉइंट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है इसमें आइस पॉइंट्स की परिभाषा में अंतर बहुत ही समानताएं हैं और अवश्य ही इंटरपोलेशन स्कीम में अनुरूपी बदलाव है अब यदि टेम्परेचर एक बेसिक थर्मोडाइनमिक्स प्रॉपर्टी है तो इसकी वैल्यू किसी स्कीम पर आधारित नहीं होनी चाहिए जो इतने सारे ऑर्बिट्ररी विचारों पर आधारित हो इसी कारण कई सालों से हम सेल्सियस स्केल फेरनहाइट स्केल और रूमर स्केल को उपयोग में लाते रहे हैं और मुझे पता नहीं दूसरे कितने स्केल्स प्रस्तावित किए गए हैं और उनमें से बहुत से रद्द कर दिए गए हैं आज दो सामान्य रेगुलर स्केल्स हैं सेल्सियस स्केल और फेरनहाइट स्केल अन्य नियम जब आप लिक्विड का उपयोग ग्लास थर्मामीटर में करते हैं वह किस तरह का लिक्विड है यदि आप पारा इस्तेमाल करते हैं तो यह जीरो सेल्सियस से हंड्रेड सेल्सियस की सीमाओं के लिए एकदम सही है यहाँ तक कि आप थोड़ा सा ऊपरी सीमा के बाहर भी जा सकते हैं उदाहरण के लिए पारा लगभग -40 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है जो कि 0 डिग्री सेल्सियस से कम है जब पारा जम जाएगा तो वह लिक्विड नहीं रह जाएगा इसलिए आप इससे माइनस डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर नहीं नाप सकते पारा लगभग 335 या 336 डिग्री पर बॉयल हो जाता है जब यह बॉयल होकर वाष्प में बदलने लगेगा तो कैपिलरी में लिक्विड थ्रेड के ऊपर की जगह में वैक्यूम नहीं रहेगा प्रेशर बढ़ता जाएगा और थर्मामीटर टूट सकता है और इसलिए पारे को गैस थर्मामीटर में 300 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा के टेंपरेचर नापने के लिए इस्तेमाल करने के लिए उपयुक्त तो नहीं माना जाता अगर पारे के बदले कोई और लिक्विड काम में लाया जाए तो उसके फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की प्रतिबंधित रहेगी लेकिन जैसे जैसे विज्ञान प्रगति करता है वैसे वैसे तकनीकी में भी सुधार होता है और हमें कम से कम टेम्परेचर नापने की जरूरत पड़ती है आज बहुत से उद्योगों और प्रयोगशालाओं में -80, एटी माइनस डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नापना आम बात हो गई है इसी तरह आज हमारी कंबस्चन और दूसरी हाई टेम्परेचर प्रक्रियाओं में टेम्परेचर 2000, 3000, 4000 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है ग्लास थर्मामीटर में साधारण लिक्विड इस्तेमाल करने से हम इतनी बड़ी रेंज के टेम्परेचर नहीं नाप सकते इसलिए वैज्ञानिक और दूसरे लोग जो भी थर्मोडाइनमिक्स और थर्मामीटरी को जानने की इच्छा रखते हैं हमेशा बड़ी से बड़ी रेंज के टेम्परेचर्स नापने के तरह तरह के तरीके खोजते रहते थे इस तरह वे गैस थर्मामीटर्स तक पहुंचे धन्यवाद